गाइज मैंने ओपन कर लिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी टू वीक्स की जो अर्निंग है 1842 डॉलर है रुको जरा सबर करो तो ये मैं अभी ड्रा भी आपको करके दिखाऊंगा और आपने किस तरह अर्न करने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं से पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि आप रिफ्रेश नहीं करके दिखाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मेरी कितनी अर्निंग है तो मैं रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ तो अभी आपके सामने मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया है और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी कितनी अर्निंग आ चुकी है ठीक है गजब है अभी एक डॉलर बढ़ा ही है लेकिन लोगों का ये कहना है कि आप एडिटिंग करते हो लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी एक डॉलर बढ़ गई है मजा आया और मेरी इतनी जल्दी अर्निंग क्यों बढ़ गई है क्योंकि मैंने जो पोस्ट लगाई है वो ट्रेंडिंग पोस्ट है ठीक है यहाँ पे देखेंगे इस पे भी इसी तरह ही व्यूज बढ़ रहे हैं जिस तरह मेरी अर्निंग ज्यादा हो रही है तो इसलिए मैं क्या करूँगा की यहाँ पे मैं पहले विड्रॉ पे दिखा देता हूँ बाद में आपको ट्रिक बताता हूँ अरे वह गुड आइडिया तो यहाँ पे मैं अभी जाके भी दिखा देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मिनिमम जो विड्रा है यहाँ पे 100 डॉलर है तो बिटकॉइन में मैं लेना चाहता हूँ मैं अभी के अकाउंट में जाता हूँ और वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अभी जीरो, जीरो शो हो रही है और यहाँ पे यूएसडी में मेरे तीन डालर है और अभी मैं एडस्टेरा में जाके दिखाता हूँ और मैं विड्रा पे लगाता हूँ अभी यहाँ पे देखें की ये नौ बजे से छह बजे तक मतलब के ये बैठते है तो अभी मैं मेरा जो टाइम हो रहा है अभी साढ़े का टाइम हो रहा है तो जब ये विड्रॉ ओपन होगा तो मैं विड्रॉ पे क्लिक करके तो आपको दिखा दूंगा तो अभी फिलहाल मैं क्या करूँगा कुछ देर वेट करता हूँ तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो विड्रा था मैंने लगा दिया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो मेरी अर्निंग शो हो रही है ये चार डॉलर शो हो रही है अभी मैंने वहाँ पे रिफ्रेश नहीं किया इसलिए क्योंकि मैंने आपको प्रूफ दिखाना था तो यहाँ पे देखेंगे अभी मैं अभी यहाँ पे मैं रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखें अभी मेरी जो अर्निंग है यहाँ पे कितनी हो चुकी है जीरो हो चुकी है ठीक है पहले जो अर्निंग थी आप देख सकते थे की जीरो थी तो मैं अभी ब्लॉगिंग की तरफ चलता हूँ तो यहाँ पे ब्लॉगर में आने के बाद यहाँ पे देखें कि मैंने ये जो पोस्ट लगाई थी इसकी वजह से मुझे ज्यादा अर्निंग मिली है इस पोस्ट में मैंने ऐसा क्या किया था आर्टिकल लिखा था और यहाँ पे देखेंगे एड वगैरह लगाए थे और मैंने एक एड जो है मैंने ऑफ कर दिया है उससे ज्यादा अर्निंग मिलती है वो वाला एड भी मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा लेकिन वो कुछ ही देर में इसलिए लगाता हूँ क्योंकि उससे ज्यादा अर्निंग मिलती है ये सभी एड जितने आपको देगा ना वो एक ऐड उतनी अर्निंग देता है ठीक है तो वो भी मैं ठीक आपको बताऊंगा लेकिन यहाँ पे देखेंगे अभी मैंने ये पिक्चर वगैरह लगाई है और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये कुछ ही बस दिया था मैंने इस पोस्ट को मैं ट्रेंडिंग क्यों कहता हूँ क्योंकि आजकल जो चल रहे है ना अगर वो अपलोड करेंगे तो आपके ज्यादा इंक्रीज होंगे व्यूज और दो आने वाला है और दो या तीन दिन के बाद ये जो है पोस्ट मैंने डिलीट करके तो रीअपलोड करनी है इसलिए क्यूँकी मुझे एडसन में कोई कॉपी स्ट्राइक वगैरह या कुछ इस तरह का कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि जब ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो इस पोस्ट को मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि मैं जो भी चीज बताता हूं वो आप कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ एक थीम बताई थी ये वाली जो थीमने फ्री में डाउनलोड करने के लिए बताई थी तो आपने क्या किया था कि सारी की सारी मेरी थीम जो है कॉपी कर ली थी इसलिए मैंने मैं पोस्ट जो मैं अपलोड करता हूँ वो मैं दो या तीन दिन के लिए इसीलिए मैं रखता हूँ मैंने अपने आप को सिक्योर करने के लिए ये काम की है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं मिलता हूं अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग